को कौन कौन सी योजनाओं के अंतर्गत लाभ दिया जाएगा साथियों अगर आपका श्रम कार्ड बन जाता है तो आपको फ्री में मकान भी मिल सकते हैं और साथ ही हम आपको बताएंगे पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े किसान भी क्या ई श्रम कार्ड बना सकते हैं या फिर नहीं बना सकते हैं आज हम आपको बताने वाले ई श्रम कार्ड ऐसी जुड़ी हुई वो योजना जिनमें आप लाभ ले सकते हैं अगर आपने ई श्रम कार्ड बना लिया या फिर बनाना चाहते है तो आप ये जरूर जानना चाहेंगे की हमारे ई श्रम कार्ड यू कार्ड ऐसी कौन सी योजनाओं में लाभ मिलेगा और क्या क्या लाभ मिलने वाले हैं यही हम आपको इस वीडियो बताने वाले हैं दोस्तों अब तक देश में एक करोड़ से अधिक असंगठित कामगारों ने ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर दिए गए साथियों अगर आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत लाभ मिल रहे हैं यानी कि हर साल छह हजार रूपए मिल रहे हैं तो आप भी अपना ई श्रम कार्ड बनवा सकते हैं ई श्रम कार्ड कौन कौन बना सकते हैं ये हमने आपको पहले भी बता दिया है और हमारा पिछला वीडियो देख आप ये जान सकते हैं की ई श्रम कार्ड कौन कौन बना सकते हैं साथियों ई श्रम कार्ड आपकी एक आईडी होगी कि आप क्या काम करते हैं जिस तरह से गवर्नमेंट इंप्लॉय की आईडी होती है बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करते हैं उनकी आईडी होती है इसी तरह से ये एक असंगठित श्रमिकों की आईडी होगी और यही आईडी आपको बहुत सारी योजनाओं में लाभ देगी अब सवाल ये है की असंगठित श्रमिक कार्ड यू कार्ड ई श्रम कार्ड ये तीनों अलग है या फिर एक है साथियों तीनों एक ही है असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले उनको कहा गया है असंगठित श्रमिक कार्ड और यूएन कार्ड जो आपके बारह के नंबर है यूएन नंबर और ई शर्म कार्ड आपका जो कार्ड बन जाता है तो उसमें सबसे ऊपर दिया गया है ई श्रम कार्ड जैसा कि आप सभी यहां पर देख सकते हैं इस कार्ड में अगर आप देखेंगे, तो यहां पर आपको यूएन नंबर मिलेंगे तो इसको यूनिवर्सल अकाउंट नंबर बोला जाता है जिसे अब यूएन कार्ड बोल दिया गया और सबसे ऊपर ई शर्म कार्ड दिया गया है और असंगठित e क्षेत्र में काम करने वालों का बनता है तो इसे असंगठित श्रमिक कार्ड भी कहा जाता है और तीनों एक ही है साथियों आगे हम डिटेल में आपको बताएंगे कि कौन कौन सी योजनाओं में आप लाभ ले सकते हैं साथियों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सभी का स्वागत है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को दबाइए कोल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कीजिए ताकि आपको आपके काम आने वाली योजनाओं की जानकारी मिल सके साथ इस वीडियो को लाइक कर सपोर्ट कीजिए अपने साथियों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि ज्यादा ऐसी ज्यादा साथी अपना ई श्रम कार्ड बना सके और ई श्रम कार्ड से जुड़ी हुई जन कल्याणकारी योजनाओं का भी लाभ ले सके साथ दोस्तों में कॉमेंट कर बताए की आपने ई श्रम कार्ड बना लिया या फिर बनाना चाहते हैं साथियों अब हम आपको बताने वाले हैं ई श्रम कार्ड यूएन कार्ड एस एम कार्ड से कौन कौन सी योजनाओं का लाभ मिलेगा साथियों कार्ड पूरे देश में मान्य होगा और अपने नजदीकी किसी भी सी सेंटर कॉमन सर्विस सेंटर में जाकर फ्री में बनवा सकते हैं ई शर्म कार्ड यूएन कार्ड बनाने के लिए यानी कि रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास तीन डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए आधार कार्ड बैंक पासबुक और आपके चालू मोबाइल नंबर साथियों शर्म कार्ड आप अपने मोबाइल ऐसी भी रजिस्ट्रेशन खुद कर सकते हैं और बना सकते हैं साथियों ई श्रम पोर्टल का मुख्य उद्देश्य है की श्रम कार्ड पूरे देश में मान्य होगा आपदा की स्थिति में सहायता राशि सीधे उनके खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी और तीन नंबर सबसे इम्पोर्टेंट है असंठित कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का क्रियान्वयन निवाम यानी की ये सामाजिक सुरक्षा योजनाएं कौन सी हैं ये हम आपको बताने वाले हैं और ये कौन कौन सी योजनाओं में आप लाभ ले सकते हैं श्रमिकों को उनके कौशल विकसित करने और रोजगार के अवसर खोलने में मदद मिलेगी साथ में ही एक बार पंजीयन करने के बाद में आपको पंजीयन बार बार करने की जरूरत नहीं होगी ई श्रम कार्ड बनाने के लिए केवल असंघित क्षेत्र के कर्मचारी बना सकते हैं जिसके आयु सोलह से उनसठ वर्ष के बीच में उनसे आयकर दाता नहीं होना नहीं होना होना चाहिए चाहिए। या फिर ईएसआईसी का सदस्य भी अब हम आपको डिटेल के के साथ पूरा बताने वाले हैं कि इस बनने के बाद में आपको कौन सी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ मिलने वाला है साथियों ये है इस पोर्टल। यहां पर अगर आप देखना चाहें तो श्रम रोजगार मंत्रालय केंद्र सरकार का ऑफिसियल पोर्टल यहाँ पर हमें मिलेगी सामाजिक सुरक्षा कल्याण योजनाएं तो इसमें कौन कौन सी योजनाओं का लाभ आपको इस इसम कार्ड से मिलने वाला है तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना ये एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है लाभार्थी की आयु का आधार मानसिक अंशदान पिचपन रुपए से लेकर दो सौ तक जमा करना होता है और इस योजना के तहत लाभार्थी द्वारा मानसिक 50 परसेंट अंशदान दे है और केंद्र सरकार द्वारा इसमें बराबर का योगदान दिया जाएगा यानी कि जितने रुपए आप जमा करेंगे उतने रुपए केंद्र सरकार जमा करेगी इसके लिए पात्रता भारत का नागरिक होना चाहिए असंगठित कामगार फेरी वाले कर्से संबंधित काम निर्माण स्थल पर काम करने वाले मजदूर चमड़ा उद्योग में काम करने वाले हथकरघा मिड डे मील रिक्शा ऑटो व्हीलर कूड़ा बीनने वाले बड़ई मछुआरे आदि के रूप में काम करने वाले इस योजना का लाभ ले सकते हैं 18 से 40 वर्ष की उम्र होनी चाहिए और मानसिक आय पंद्रह हजार रूपए ऐसी कम होनी चाहिए शायद ई पी एफ ओ एस आई सी एन सरकारी पोषित स्कीम का सदस्य नहीं होना चाहिए इस श्रम कार्ड ऐसी मानदन पेंशन योजना में आपको लाभ क्या होगा तो 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद लाभार्थी को तीन हजार रूपये की न्यूनतम सुनिश्चित मानसिक पेंशन प्राप्त होगी लाभार्थी की मृत्यु आरोप पति या पत्नी का पचास परसेंट पेंशन के लिए पात्र होंगे यदि पति और पत्नी दोनों इस योजना में शामिल होते हैं तो वे छह संयुक्त रूप ऐसी मानसिक पेंशन प्राप्त कर सकते हैं तो साथियों आप ई कार्ड बनने के बाद में यूएन कार्ड बनने के बाद में आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं यानी कि तीन हजार मंथली पेंशन ले सकते हैं दुकानदारों व्यापारियों और नियोजित व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना इसके लिए जो योग्यता है वो पहले मैंने आपको बताया वही है और साथ में इसमें जो पात्रता है वो चेंज कर दी गई दुकानदार या मालिक जिनके पास छोटी दुकानें रेस्टोरेंट होटल हो या फिर जो रियल इस्टेट ब्रोकर हैं वो भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं वही है उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए और इस एन पी ट्रेडर्स योजना के अंतर्गत लाभ भी वही मिलेगा यानी कि तीन हजार रूपए मानसिक पेंशन मिलेगी और पति पत्नी दोनों रजिस्टर्ड हैं तो छह हजार रूपए प्रति महीने 60 साल के बाद में पेंशन मिलेगी लेकिन वार्षिक टर्नओवर है वो 1.5 करोड़ रुपए से कम होना चाहिए अगली योजना है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जिसमे भारत के सभी नागरिक लाभ ले सकते है भारत का नागरिक होना चाहिए उम्र अठारह से पचास वर्ष के बीच में होनी चाहिए आधार के साथ जन धन खाता या फिर बचत खाता जुड़ा हुआ होना चाहिए बैंक खाते में ऑटोडेबिट सुविधा भी होनी चाहिए और तीन सौ प्रति वर्ष की दर से प्रीमियम जमा होता है जिसमें किसी भी कारण से मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए मिलते हैं और इस श्रम कार्ड से जुड़ी हुई अगली योजना है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जैसा पी एम एस बीवाई जिसको एक साल के लिए केंद्र सरकार ने फ्री किया गया यानी कि जिनके पास श्रमिक कार्ड है ई शर्मिक कार्ड है वो फ्री में एक साल तक इस योजना का लाभ ले सकते हैं इस योजना में लाभ लेने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए, उम्र 18 से 70 साल के बीच में चाहिए, आधार के साथ जनधन खाता जुड़ा होना चाहिए और बैंक खाते में ऑटो डेबिट की सुविधा होनी चाहिए बारह रुपये प्रतिवर्ष की दर से इसका प्रीमियम जमा होता है जो कि दुर्घटना में मृत्यु और स्थायी विकलांगता होने पर दो लाख और आंशिक विकलांग होने पर एक लाख मिलते हैं और इसके लिए केंद्र सरकार ने एक साल के लिए फ्री किया गया साथियों इस योजना का लाभ लेने के लिए क्या पात्रता होनी चाहिए ये हमने आपको पहले ही बता रखा है और किस तरह से ई श्रम कार्ड से आपको इस योजना का लाभ मिलेगा तो आप ये वीडियो देख सकते हैं अगली योजना की हम बात करें तो अटल पेंशन योजना है जो की श्रमिकों को ही दी जाने वाली पेंशन योजना है जिसमें आधार से लिंक खाता होना चाहिए और 18 से 40 साल के बीच में उम्र होना चाहिए इसमें भी अंशदान अपनी पसंद से हज़ार रुपये से लेकर पाँच हज़ार रुपये तक पेंशन प्राप्त कर सकता है अपनी मृत्यु के बाद पेंशन की संचित राशि भी प्राप्त कर सकता है संचित राशि पति पत्नी दोनों को दी जाएगी या फिर दोनों में से एक को दी जाएगी या फिर नामित जो व्यक्ति होगा उसको भी दी जा सकती है उसके बाद में सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पीडीएस है जिसमें हमने आपको बताया कि ई श्रम कार्ड बनने के बाद में आपका अपना राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ जाएगा लेकिन इसके लिए पात्रता दी गई भारत का नागरिक होना चाहिए और गरीबी रेखा से नीचे के सभी परिवार इसके लिए पात्र हैं कोई भी परिवार जिसमें पंद्रह से उनसठ वर्ष की आयु के बीच का कोई सदस्य नहीं हो जिसके पास कोई स्थायी नौकरी नहीं हो और केवल अनियमित श्रमिक के रूप में काम करता हो जैसे असंगठित श्रमिक है तो वो एक अनियमित श्रमिक है इसी के साथ लाभ मिलेगा प्रत्येक महीने 35 किलोग्राम चावल या फिर गेहूं मिलेगा जबकि गरीबी रेखा से ऊपर का परिवार मानसिक आधार पर 15 किलोग्राम खादान हेतु पात्र होगा प्रवासी कामगार को जहां भी वे काम करे खादान प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू किया जा रहा है और आप अगर वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में जुड़ जाएंगे आपका राशन कार्ड है वो आधार से लिंक हो जाएगा सभी सदस्यों का तो आप कहीं पर भी अपना राशन ले सकेंगे और साथियों अब हम आपको बताने वाले प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आप किस तरह से लाभ ले सकते हैं इसमें भी एस श्रमिक यू कार्ड बने हुए लोग अप्लाई भी कर सकते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के बारे में हम बात करें जिसमें निशुल्क आपको आवास मिलता है यानी कि एक पॉइंट दो एक लाख बीस हजार रूपए आपको मिलते हैं भारत का नागरिक होना चाहिए और कामगार सहित कोई परिवार जिनमें पंद्रह से उनसठ वर्ष की आयु के बीच का कोई सदस्य नहीं हो कोई भी परिवार जिसमें कोई निःशक्त सदस्य व प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र होता है जिसके पास कोई स्थायी नौकरी नहीं हो और केवल केवल अनियमित श्रम में संलग्घन हो यानी की अनियमित शर्म का मतलब है कि एक जगह कोई काम नहीं करता हो हर दिन अलग अलग काम करते हो तो शर्मिक हो वो इसके लिए पात्र अप्लाई कर सकते हैं इसमें लाभ मिलेगा लाभार्थी को मैदानी क्षेत्रों में 1.2 लाख यानी कि 1 लाख बीस हज़ार रुपये वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में 1.3 लाख की सहायता राशि प्रदान की जाएगी यानी कि मैदानी क्षेत्र में एक लाख बीस हज़ार वहीं पहाड़ी क्षेत्र में एक लाख तीस हज़ार प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आपको मिलेंगे और अंत में हम आपको बताने वाले हैं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का भी लाभ आपको इस कार्ड एस एम टी श्रमिकों किस तरह से मिलने वाला है ऐसे परिवार जिनमें 16 से उनसठ वर्ष के आयु वर्ग के भीतर कोई वैसक या फिर पुरुष कमाऊ सदस्य नहीं हो कच्ची दीवारों और छत वाले एक परिवार में रहने वाले परिवार हो ऐसे परिवार जिनमें सोलह ऐसी उनसठ वर्ष की आयु के भीतर कोई सदस्य नहीं हो एक परिवार जिसमे कोई स्वस्थ वैसक सदस्य न हो और एक विकलांग सदस्य हो मेला ढोने वाले परिवार भूमि परिवार जो अपने परिवार की आय का एक बड़ा हिस्सा शारीरिक से कमाते हैं इसमें लाभ मिलेगा और द्वित हेतु तो अस्पताल में भर्ती के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष पांच लाख रुपए तक का निःशुल्क स्वास्थ्य कवरेज मिलेगा साथियों ही यह जो हमने आपको योजनाएं बताई ये तीन नंबर पॉइंट में सम्मिलित यानी कि असंगठित कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का क्रियान्वयन ये सभी जो हमने आपको योजनाएं बताई ये सामाजिक सुरक्षा योजनाए और इनका लाभ वो सभी ले सकते हैं जो अपना ई श्रम कार्ड बना लेते हैं यूएन कार्ड बना लेते हैं श्रमिक हैं वो सभी इस योजनाओं का लाभ ले सकते हैं आज हमने साथियों ई श्रम कार्ड से जुड़े हुए छह सात योजनाओं के बारे में बताए बाकी की योजनाओं के बारे में हम अगले वीडियो में बताएंगे आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं नई जानकारी के साथ वीडियो देखने धन्यवाद साथियोंक्स फॉर वॉचिंग आपका जय हिंद धन्यवाद